शिवराज सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में फैसला लिया है चना सरसों मसूर की फसल की खरीदी पंजीयन की तारीख बढ़ा दी गई है 25 फरवरी से बढ़ाकर 10 मार्च तक कर दी गई है कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए उनकी संवेदनशील सरकार है मैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले किसान है और बाद में मंत्री इसीलिए हम लगातार किसानों के हित में फैसले लेते रहेंगे कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील करते हुए कहा एक दाना खरीदेगी कि हमने पच्चीस का प्रस्ताव भेज दिया है जिसकी शीघ्र अनुमति प्रदेश को प्राप्त हो जाएगी कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने सरसों राई रायरा को सरसों प्रजाति में ही माना है इसलिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ की जिन्होंने अपनी फसल का नाम राय रायरा लिखवाया है उसे सरसों प्रजाति का ही मानकर सरकार खरीदी करेगी उन्होंने बताया कि पोर्टल में आई दिक्कतों को ठीक कर लिया गया है उन्होंने कहा कि इस बार खुशखबरी है कि फसलों की पैदावार हुई है। किसान के हर कदम पर सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल के फूल की सरकार गाँव गरीब और किसानों की सरकार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी खुद किसान है और स्वयं किसान पहले किसान है बाद मुख्यमंत्री है इसलिए किसानों की समस्या हमको अच्छी तरह पता है। अभी 25 25 तारीख तारीख फरवरी कल आखिरी थी पंजीयन की की चना सरसों मसूर क्योंकि भारत सरकार कृषि विभाग के के माध्यम से नेफेड द्वारा खरीदी की जाती है चना सरसों मसूर की और पूरा पंजीयन अभी हो नहीं पाया है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील मुख्यमंत्री उनके मार्गदर्शन में हमने तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है अब यह तारीख दस तक होगी, दिन हम और, एक, एक, एक और, और तो संशोधन हो गया कि तीनों को माना जाएगा, तो किसान जिसने राई राय तीनों को सरसों पंचायती माना जाएगा और उनकी खरीदी होगी उसको पोर्टल में संशोधन कर दिया गया अब उनका भी पंजीयन हो सकेगा दूसरा चने का भी पंजीयन होगा दूसरी खुशखबरी यह है जितना अच्छा उत्पादन होता है उत्पादन हो उसका पच्चीस खरीदती है ताकि किसानों को मूल्य अच्छे मिल सके बाजार में डिमांड बढ़ती रहे और इसलिए पंजीयन की हमने तारीख बढ़ाई है ताकि सभी किसानों का पंजीयन आसानी से हो जाए किसान भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है की 10 मार्च तक आप पंजीयन करा सकेंगे और हमने पोर्टल भी सुधार दिया है आपके खसल में अगर चने की जगह सरसों है सरसों की जगह गेहूँ है उसको भी हमने निर्देश दे दिए सभी कलेक्टरों को कि वो पटवारियों को आप जाकर आवेदन दे दे तो आपका संशोधन हो जाएगा ताकि आपको पंजीयन कराने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न जाए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसल